अब ये मोटू पतलू जा रहा है आगे बढ़ रहा है कॉइन लेते हुए और ये देखो कैसे कैसे कैसे कॉइन ले रहा है अब ये पीछा कर रहा है डॉन का पर वापस आ गया है ठोकर लगने की वजह से और ये जा रहा है फिर से वापस जा रहा है फिर कॉइन लेते हुए अब इसमें ज़्यादा पावर आ जाएगी और ये और कॉइन मिल गया उसको ज़्यादा आगे निकल गया वो उसको करंट मिल गया है ज़्यादा और बढ़ते जा रहा है चढ़ाई पर फिर आगे निकल गया ये डॉन और उसके चेले और देखो कैसे मुबरू हवा में एकदम उछलते हुए फिर से बढ़ रहा है और नीचे गिर गया है फिर बढ़ रहा है आगे आगे धीरे धीरे और ये फिर देखो कैसे एक हथौड़ा लेके उसका पीछा कर रहा है डॉन का डॉन जो है जॉन का नाम डॉन है तो डॉन का पीछा कर रहा है जॉन और उसके आदमी जो है और उसका पीछा करते करते अभी चल रहा है वो लोग आगे निकल गया है और ये अभी जा रहा है अब वो पीछे छूट गया अब यहाँ पे उनसे हेल्प मांग रहा है अब हेल्प लेंगे यहाँ से और फिर ये आगे इनको हाथ आध पकड़ लिए है चिंगम सर ने और यहाँ से फिर बढ़ेंगे आगे मोटू पतलू फिर बढ़ते हुए काफ़ी सारे कॉइन ले फिर से आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते बढ़ते एकदम देखो पुल पर चढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं और फिर आगे भी लोग खड़े हुए हैं उनसे खुशी मनाते हुए आगे बढ़ गए और ये तो और ये फिर से पीछा कर रहा है जौन और पीछा करते करते आगे निकल गया और ये देखो कैसे हवा में उछल गया और ये फिर उल्टा गिर गया फिर ये नीचे की तरफ गिरते हुए आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते बढ़ते देखो फिर ऊपर एक हथौड़े कर ले गए हथौड़े से उसका पीछा कर रहे हैं और पीछा करते करते एकदम आगे से निकल गया है और फिर कोइन भी नहीं लिया कोइन छोड़ दिया और आगे अब कोइन लिया है वहाँ पे नहीं लिया फिर देखो फिर कैसे घूमते हुए गिर गया नीचे फिर गिरते गिरते आगे निकल गया कोइन लेते हुए बढ़ गया और फिर दूसरे देखो आवे उछाल के आगे ये मिल गया जौन और उसके आदमी हेल्प मांग रहे हैं उनको हेल्प करके ये आगे पीछे चिंगम सर उन्हें से पकड़ लिया है